ये सब बच्चे लोग का वो आवाज आती है वा वा उसमें तो पीछे ना मिश्रा इधर कुछ देखते कुछ अपने है को मेडिकल जाना है इस जगह पे नहीं आना है <laughs> चंदन के बच्चे के लिए ले लें कुछ आज बर्थडे बना रहे उसके बच्चे का बर्थडे के लिए एडवांस गेम ऐसा वर्ड यूज भी मत करी कितना अच्छा लगेगा चदन तेरी गर्लफ्रेंड को दे दे नहीं इसके बच्चे को दे दे <laughs> <laughs> इधर मत देख आगे के लेने गए तो बाद में ले, दे लेंगे दे। इसका प्राइस सात सौ निन्यानवे बहुत ज़्यादा ही नहीं है अपने लिए कुछ नहीं इधर कोई छोटा सा टैडी देना है तो मैं अपने लिए लूँगा मतलब एक जन को गिफ्ट करना है बहुत ब्लर ब्लर सारे मैं ध्यान नहीं दिया हाँ ये उधर दिखा रहा वो वो देख बॉल बॉल बेच इतना अभी ये पहले पहले पहले यूज़ यूज़ होता था बहुत होता था ये बहुत वो है ना हाथ से बना अभी तो मशीन से सब बन मसून बॉल पच्चीस तेरे फ्यूचर में काम आएगा चंदन ले ले चले लेने ना देने का रुक के उंगली मत मत। गाली मत दे, गाली बंदी अमित हाथा था हाथ हर सीट रवि रवि एक मिनट हाथा था ना वीडियो पॉज करके इसका फोटो ले। इधर अच्छा आया इधर अच्छा आया मेरे कैमरे में नहीं करने काम करेंगे सबको फोटो है मस्ती कर सब लोग आ जाओ तुम्हें फोटो खिंचेगा अरे नहीं नहीं आने दो तो का उंगली साले मारूंगा ना आ, नहीं क्या कैमरा कैमरा सही से आ तो रहा तो तो तो तो... नहीं है <स्था> सुबह इस चलते फटफट -फट से ये फोन शॉप में देखते पानी दे अपन पहुंच गए इधर पे चल छोड़ते हैं ट्रेन में और अभी उनको वहाँ से घाट चलाई मेरा फ्रेस का है इधर धूप बहुत ज़्यादा है तो अभी चलते घर पे और घर पे जाके अभी एडिट भी करना है और थोड़ा बहुत काम भी अब मम्मी ने फ़ोन किया था और थोड़ा बहुत वो काम है वो काम में के बाद वीडियो एडिट करूँगा और उसके बाद आप ये देखा हो कब ब्लॉग आएगा उसको पता नहीं ये ब्लॉग काफ़ी लंबा बन गया इसमें सोच रहा दो तीन पार्ट में डाल दूँ मतलब इतने बड़े ब्लॉग बन गए ना तो मुझे डालने में काफ़ प्रॉब्लम होगा एक साथ में पर मैं छोटा जो है चार पाँच पाँच पाँच मिनट का ब्लॉग डालता हूँ एक नहीं का आवाज़ आ रहे है तो इसको इग्नोर करना तो मैं सोच रहा चार से पाँच पार्ट में ब्लॉग डाल देता देना दो से तीन पार्ट तो पक्का आएगा फिक्स और चार या पांच मिनट का मैं डालूँगा तो यहाँ तक तो अगर आपने ब्लॉग देख लिया तो लाइक कॉमेंट्स शेयर और मोस्ट ऑफ द चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसे ही मजे कॉन्टेंट आने वाले अभी हमारे चैनल पर मतलब हमारे क्या आप हमारे हो मैं हूँ तो या आप सबका चैनल है या इसको सब्सक्राइब करो तो बस आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं कल आपसे